आधार कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए आपने इसे प्लास्टिक या पीवीसी के कार्ड पर प्रिंट करवाया होगा लेकिन अगर आपने ये कार्ड खुले बाजार में प्रिंट कराया है तो ये खबर आपके काम की है आधार कार्ड जारी करने वाले UIDAI का कहना है कि जो लोग प्लास्टिक या पीवीसी की स्ट्रीट पर खुले बाजार में आधार कार्ड प्रिंट करवाते हैं असल में ये कार्ड मान्य नहीं है और अगर आप ऐसा कार्ड कहीं पहचान के लिए दिखाते हैं तो आपको बिना आधार कार्ड माना जाएगा यू का कहना है कि बाजार में छपवाए गए प्लास्टिक या पीवीसी आधार कार्ड में कई सारे सुरक्षा फीचर्स नहीं होते हैं इसलिए वो खुद ऐसे कार्ड का इस्तेमाल ना करने की सलाह देती है इसके बदले में वो घर बैठे प्राधिकरण से छपे पीवीसी आधार कार्ड को ऑर्डर देने की विकल्प देते हैं अगर आप प्लास्टिक या पीवीसी का आधार कार्ड चाहते हैं तो आप यू की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं ये कार्ड आपको घर बैठे स्पीड पोस्ट से मिल जाएगा और इसके लिए आपको बस पचास रूपए का भुगतान करना होगा इस कार्ड में आपकी आधार डिटेल के साथ साथ एक क्यू कोड भी होता है साथ ही कई सिक्योरिटी फीचर्स भी होती है आप इसके लिए एम आधार एप पर भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप स्मार्टफोन चलाते हैं तो आप अपने फोन में एम आधार एप को डाउनलोड कर सकते हैं इस पर आप अपना डिजिटल आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं ये कार्ड भी UIDAI से जुड़ी सभी सर्विस के लिए मान्य है